हाय दोस्तों ये मेरा YouTube का पहला वीडियो रहेगा और मेरा ये सब ये लैपटॉप है नया और ये मेरा प्रिंटर है कीबोर्ड है माउस है सब कुछ और आ रहे हैं हमारे मालकिन और जो कंप्यूटर का मालिक है वो रहा है साइड में <laughs> कंप्यूटर का मालिक उसका नाम है पप्पू कंप्यूटर इधर आ इधर आ इधर इधर आ इधर आ इधर देखो देखो छिप रहा है छिप रहा है छिप रहा है